हेलो माय यूट्यूब फैमिली तो कैसे हो आप लोग आई होप तो आप लोग पढ़िया ही होंगे और आगे भी पढ़िया ही रहना तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग का अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आप लोग का अकाउंट कैसे अनसस्पेंड करना कैसे अनसस्पेंड होगा तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड कैसा अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में तो माफ़ कर देना गाइस क्योंकि मेरा थोड़ा टेबियत खराब हो चुका है इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाने के सोच रहा था बट मैंने सोचा कि चलो यार बना देते हैं ताकि यार अपने, अपने फैमिली लोग हैं तो गैस उन लोग को भी उन लोग का भी आईडी अनसस्पेंड हो जाएगा तो गैस चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड गाइस मैं आप भाई मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा कि आप लोग मेरे को सपोर्ट क्यों नहीं करते यार आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो चले जाते हो एन सब्सक्राइब नहीं करते यार क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो यार मैं रियल बिना रियल वीडियो बनाता हूँ इसीलिए आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते ना एंड मैंने अभी तक सब्सक्राइबर को हाइड नहीं किया तो इसी वजह से आप लोग सपोर्ट नहीं करते हुए तो गाइस क्या करूँ यार सब्सक्राइबर हाइड क्या करूँ मैं करके सब्सक्राइबर हाइड करने से क्या होता है एंड यही नहीं है कि मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगा तो गाइस आप लोग को नहीं दिखाने से मेरा आईडी है मेरा सब्सक्राइबर थोड़ी ना बढ़ेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो बढ़ेगा गाइस तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लो यार जो आप लोगों को फेक वीडियो बना देते हैं उनके अकाउंट में आप लोग बीस तीस सब्सक्राइबर ऐसे कम ऐसी ही करवाते हो तो यार उन लोग को सब बहुत सपोर्ट करते हो लेकिन मेरे को सपोर्ट नहीं करते भाई क्यों मेरे को बताओ यार मेरे को क्यों सपोर्ट नहीं करते आप माफ़ कर देना अगर मेरे से कुछ गलती हो जा इस कोई भी वीडियो में तो गैस माफ़ कर दिया करो यार थोड़ा बोलने में गलती हो जाए या फिर किसी भी तरह का अगर मेरे से गलती हो जाती है तो आप लोग माफ़ कर दिया करो यार प्लीज़ गैस सब्सक्राइब कर दिया करो तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूं तो गैस आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दे कि मेरे पास अभी कोई भी ट्रीक नहीं है गैस जिससे आप लोगों का अकाउंट अनसस्पेंड हो जाएगा बस एक ही ट्रीक है कि मेरा अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लो उसमें आप उसमें मैं आप लोग को पूरा प्रॉपरली समझा दिया है कि आप लोग का अकाउंट कैसे अनसस्पेंड होगा तो गाइश वो वीडियो का डि, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप लोग जाके वहां से देख लेना ओके गाइस तो गाइस मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता गाइस कि मैं आप लोग को दिन भर वीडियो देता रहूँगा एंड आप गाइश मैं ऐसा काम नहीं करता गाइस कि आप लोग को मैं फेक वीडियो दे दूं एंड आप लोगों का अकाउंट अनसस्पेंड नहीं ना हो तो गाइस अगर आप लोगों का अकाउंट सस्पेंड हो सस्पेंड हो गया है तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख लो हंड्रेड मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग का अकाउंट अनसपेंड हो जाए गाइश क्या ही बोले यार आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते तो बोलने में भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो यार एंड गाइस आप लोग उन बंदों का सपोर्ट करते हो जो आप लोगों का अकाउंट अनसस्पेंड नहीं करा कर देते बस आप लोग को तो लाइव हिस्ट्री में आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि भाई लाइव में देखो एक आईडी का एक बंदे का आईडी अनसस्पेंड करके मैं दे रहा हूं तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस तो पहले से वो उन्हें उसको अनसस्पेंड कर दिया रहता है एंड कोई सब्सक्राइबर उसको बोल देता है कि भाई मेरा देखो तुम्हारे ट्रिक से अनसस्पेंड हो जाएगा हो गया है गैस वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है उन लोग का को कोई भी ट्रिक नहीं काम करता है गैस मेरे से लिख के ले लो कि उन लोग का कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है बस ऐसे ही यार पैसे के लिए वो लोग लो वीडियो बना के आप लोग को देते हैं एंड आप लोग छुतियाँ बन जाती है यार ईजीली आप लोग छुतियाँ बन जाते हो बस आप लोग को क्या करता है कि वो लोग बोल देते हैं कि भाई मेरे वीडियो देख लो एंड आप लोग का अकाउंट अनसपेंड हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है गैस किसी का भी अकाउंट कोई भी यूट्यूबर अनसपेंड नहीं करा सकता बस मैं आप लोगों को ठीक बताता हूं गाइज नहीं आप लोग का अकाउंट अनसपेंड मैं करा के दे सकता हूं तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब कर लेना एंड पास बेल वाले कॉल पर सेट कर लेना ताकि मेरे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले तो गाइस अगर बोलने में इस वीडियो में मेरे से कुछ कुछ गलती हो गई हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर देना एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लो यार ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग आप तक पहुँचती रहे एंड आप लोग मेरे मेरे से जुड़ जाओ एंड अगर आप लोग को मेरे से बातें करनी है तो मैं कोई इंस्टाग्राम के को लिंक आप लोग को नहीं देना जिससे आप लोग आप लोग कह भाई तो मेरे हम लोग से पैसा कमाना चाहता है मेरे से आप लोग डायरेक्टली मैसेज कमेंट मैसेज कर सकते हो यार व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा एंड आप लोग डायरेक्ट मेरे से बातें कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम ओके okay इस तो आ, आ, बहुत सारे बंदे अभी भी मेरे से कुछ बातें करते हैं पूछते हैं कि भाई आई डी कैसे होगी क्या करना पड़ा यार क्या ही बोले यार अगर आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो होती है ना तो गाइस मेरे से आप लोग सीधा डायरेक्टली आप लोग मेरे से बातें कर सकते हो एंड देव डेवस्क्रिप्सन में नंबर मेरा मिल जाएगा तो आप लोग सीधा मेरे से बातें कर लो ठीक है अगर आप लोग को नहीं करने आ रहा है तो सीधा आप लोग मेरे से बातें कर लो एंड गाइज मिलते मैं तब तक के लिए जय भारत एंड टेक केयर गाइज